द्रौपदी से विवाह करके जब पांचों पांडव हस्तिनापुर आए तो उन्हें देखकर कोई भी खुश नहीं था हृदय ऐसी धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को ही राजसिंहासन सिंहसन पे देखना चाहते थे लेकिन आधिकारिक तौर पर युधिष्ठिर को ही युवराज बनना था इसलिए वो उनके काकाश्री होने के बावजूद खुश नहीं थे उनके वापस आने आरोप और पाँचो पांडव को द्रौपदी ऐसी विवाह क्यूँ करना पड़ा क्यूँकी एक स्त्री का सम्बन्ध सिर्फ अपने स्वामी के साथ हो सकता है उसके पाँच स्वामी नहीं हो सकते और ये एक अच्छा बहाना था उन्हें राज्य से निष्काशित करने का तब युधिष्ठिर ने महाराज से कहा पांचाली का हम पांचों युवराजों से शादी करना अगर पाप है तो भीम को जहर देकर पानी में धकेलना भी पाप था लक्षा गृह में हमें जलाकर मार देने की साजिश भी पाप है तो फिर हमें ही सिर्फ इस राज से क्यों निष्कासित किया जा रहा है उसने अपने परिवार की गरिमा को बनाए रखने के लिए युद्ध को टालने की बहुत कोशिश की पता है इसके पीछे कारण क्या था क्योंकि वो धर्म ज्ञाता था उसे पता था कि अपने परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए कई दफा सही होते हुए भी सर झुकाना पड़ता है